तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हो रही है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से जहां पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में अब द्विपक्षीय स्तर की मुलाकात बातचीत होगी प्रतिनिधिमंडल जो उनके साथ आया उनके साथ में मुलाकात होगी ये शेख हैंड का एक अपने आप में पावरफुल तस्वीर और दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तस्वीर जहाँ पे खिली हुई धूप खुला हुआ मौसम और दोनों नेताओं के बीच में सहजतापूर्ण भाव के साथ में बातचीत होती हुई से दोनों दोनों नेता नेता हुए दर्शाता है कि भारत और इटली के के के बीच सहयोग संबंध को आगे बढ़ाने लिए तैयार मीडिया कर्मी जो तमाम वहां मौजूद है उनका सहजता से स्वागत किया अभिवादन किया और ये अपने आप में तस्वीरें इस वक्त की हम देख पा रहे हैं दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से और अब बहुत बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात का सिलसिला चालू होगा जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो है वो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इटली की ओर से इटली के प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करते नजर आएंगे वहाँ के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हैदराबाद है हाउस से आप देख रहे हैं है और हैदराबाद हाउस जहाँ पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की विपक्षी मुलाकात होगी पीएम मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी हैदराबाद हाउस में और निश्चित तौर से तमाम जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं या कोई तो दिक्कतें परेशानियां व्यापार को लेकर रहती है उसको कैसे हम समाधान निकालें इसके साथ साथ जो वैश्विक चुनौतियां हैं चाहे वो स्वास्थ्य के मोर्चे पे हो क्लाइमेट चेंज के मोर्चे पे हो तमाम ऐसी जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं उससे कैसे एक समाधान का रास्ता निकालने में एक सहयोग का आधार बनाने में एक मौका मिले उस लिहाज से ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण होगी और भारत और इटली के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनकी